फूलों से रहे बिंदावन बिहारी फूलों से सजर रहे बृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे बृंदावन बिहारी संग में सज रहीबान की जुला फूलों से रहे सज रहे बिंदा बन बिहारेम कुट सर पे रखा किसी अदा से चेला समुट सर पे रखा है किसी अदा से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाहते करुणा वरत रही है करुणा भरी निगाहते बिक गई हूँ मोल बिक गई हूँ जब से जबी हा फूलों से सज रहे हैं मन बिहार िया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते सबको प्यार लगते सबके मन में भाते सबको प्यार लगते सबके मन में भाते इन दोनों पे सद के इन दोनों पे सद के मैं दोनों पे बारो से सज रहे बिहारी फूलों से सज रहे श्रृंगार तेरे प्याले शोभा कहू क्या उसकी सिंगार तेरे प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी इत पे गुलाबी पटका इत पे गुलाबी साड़ी इत पे गुलाबी पटका उत पे गुलाबी साड़ी एक नंद का है छोरा एक नंद का है छोरा के दुलारी फूलों से सज बन बिहारी फूलों से सज रहे फूलों से सज रहन बिहारी फूलों से सज रह ंदावन बिहारी संग में सज रही है इसमान की दुलारी संग में सज रही इसमान के दुलारी से सज रहे चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया दिव्य आभूषणों से जिसने तुम्हें सजाया दिव्य आभूषणों से जिसने तुम्हें सजाया नीलम से सोबे मोहन स्वर्णिम सिरा धम प्यारी भूलों से सजरे बिहारी फूलों से सज रहे हैं फूलों से सज रहे हैं वृंदा बन बिहारी फूलों से सज रहे हैं वृंदा बन बिहारी और संग सजी है। और संग सजी स्मान की दुलारी भूलों से रहे वृंदावन बिहारी फूलों से सदरे वृंदावन बिहार